हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आईओब आप अच्छे होंगे हमेशा की तरह मैं एक वीडियो और लेकर के आया हूं तो आज मैं एक जियो एफ़ दो के ऊपर एक वीडियो लेकर के आ रहा हूं मैं आगे चल के आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि जियो के कोई भी मॉडल के डायग्राम्स नहीं हैं फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा तो मैं इस Gio के फ़ोन्स को मैं हर एक सेक्शन का एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें चाहे वो नेटवर्क हो चाहे वो माइक हो चाहे वो चार्जिंग हो चाहे वो बैटरी कनेक्टर हो चाहे वो BSI लाइन हो चाहे वो डिस्प्ले ग्राफिक्स हो तो इस सेक्शंस पे मैं सारे वीडियो बनाने वाला हूँ वन बाय वन तो अभी मैंने ये स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत लेट पर कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स मैं वीडियो बना रहा हूँ आई होप जिनको वीडियो पता होगा तो वीडियो को स्किप कर दें ये ना बोले कि वीडियो हमें पता है पर हमेशा की तरह मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ जो हर एक डिटेल के साथ बनाता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि आपको आप तो कर लेते हैं यूट्यूब से देख करके सही वे में आपको नहीं मिलता है पर मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स और आपको पूरी लाइन के बारे में सप्लाई के नॉलेज के बारे में सारे डीपली नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ तो इसमें किसी टेक्नीसन भाई ने यहाँ पे ये काम किया हुआ है जैसा देख सकते हैं जैसा कि आपने YouTube में देखा है तो मैंने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं अलग दिखाता ही दिखाता हूँ तो इन्होंने माइक का काम किया हुआ है और ये माइक काम नहीं कर रहा है उनका तो वो तो YouTube से वीडियो देख करके इतना सारा प्रोसेस उन्होंने तो कर लिया था फिर वो मेरे पास आया तो बोले सर ये काम नहीं कर रहा है तो मैं बताया कि चलो ठीक है इसकी मैं सप्लाइयों के साथ प्रॉपर वीडियो में आपको दूँगा और आपको ज़्यादातर सब कुछ प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा तो ये आप देख रहे हैं पहले मैं इसका सलूशन बता दूं क्रिस्टल टू यूनिवर्सल माइक का जो इन्होंने सलूशन किया है अच्छे तरीके से किया है मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आपको भी टच करके भी बताऊंगा तो इसकी मैं पहले आपको सप्लाइयों के बारे में नॉलेज दे देता हूँ फ्रेंड्स कि क्या क्या है उसके बाद हम इसके सल्यूसन पे चलेंगे सारा चीज़ तो चलिए मैं इसके सर... पहले सप्लाई के बारे में आपको नॉलेज दे देता हूँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है चलिए अब यहाँ पे देखिए जिन्होंने किया है सल्यूसन आपने यूट्यूब पे भी देख करके और सारी चीज़ आप देख करके यहाँ आप पर आपने किया हुआ है तो ये जो चार टिप्स हैं यहाँ पर क्रिस्टल माइक लगा हुआ था पहले तो मैं ये बता दूँ इसने क्रिस्टल लगा हुआ था क्रिस्टल से अब उन्होंने यूनिवर्सल किया और उन्हें एक दो माइक भी चेंज किया होगा तो काम नहीं हुआ है फ्रेंड तो आपको मैं शुरू से बताता हूँ तो ये क्रिस्टल टू यूनिवर्सल सॉल्यूशन है बाकी आप इसमें क्रिस्टल भी लगा सकते हो तो क्रिस्टल उन्होंने लगाया होगा तो शायद काम नहीं किया होगा फ्रेंड तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार टिप्स बने रहते हैं दो ग्राउंड होते हैं एक हमारी होती है वी डी की लाइन एक होती है हमारी डाटा तो मैं आपको डीपली नॉलेज के साथ बताऊँगा इंस्ट्यूट लेवल में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है ये हमारी वी की लाइन आती है जिसमें रीडिंग प्लस वोल्टेज होता है और इसमें जो हमारी है ये हमारी डाटा की सप्लाई होती है तो डाटा और वी तो डाटा और वी में उन्होंने क्या किया है एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगाया हुआ है 4k से 10k के बीच में आपको यहाँ पे डाटा और वी के बीच में रजिस्टर लगाया है जैसा कि उन्होंने एकदम सही किया हुआ है और उसके बाद आपको डाटा की लाइन से जैसा कि आप देख सकते हैं डाटा की तरफ से आपको यहाँ पर माइक uh, का प्लस लगाना है और उसको ग्राउंड कहीं भी कर देना है तो इतना प्रोसेस तो इन्होंने किया हुआ था फ्रेंड्स फिर भी काम नहीं हुआ अब इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेप बाई स्टेप कैसे करना है इतना करने के बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है तो आपको क्या क्या चेक करना है सारा चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो चलिए मैं अपने मल्टीमीटर में मल्टीमीटर के थ्रू पूरी इसकी ट्रेसिंग बताऊँगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा और इसका सोलूसन मैं लाइव ही करने वाला हूँ फ्रेंड तो फ्रेंड अब मैं इसके बताना चाहूँगा कि ये काम क्यों नहीं किया तो इसको बताने के लिए मैं मल्टीमीटर देख सकते हैं मेरा साइड में यहाँ पर मल्टीमीटर रखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मल्टीमीटर रखा हुआ है अब मैं मल्टीमीटर से कुछ इसकी रीडिंग और वोल्टेजेस के बारे में नॉलेज देना चाहूँगा तो जिसमें वोल्टेज आता है हम इसमें कोल्ड टेस्टिंग करेंगे फ्रेंड्स देख सकते हैं हम यहाँ पे कोल टेस्टिंग करते हैं तो कोल टेस्टिंग के लिए मैं ग्राउंड पर रख लेता हूँ मैंने ग्राउंड पर रख लिया है अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इसका वी डी, डी वाला लाइन है वी डी वाले में देखिए कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है तो आप में देखिए मल्टी टच करिए तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे यहाँ पर आप देखेंगे अब मैं उन्हें वी डी डी पर यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ पे वी डी डी कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है देखिए मैंने वी डी डी रखा हुआ है और वहाँ पे अब मल्टीमीटर में दिखाई है यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स उन्होंने तो किया सोल्यूशन ठीक है पर अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर वी डी में कोई रीडिंग ही नहीं आ रहा है तो कोई भी काम नहीं करेगा तो चलिए इसकी सोल्यूसन में बताता हूँ तो सबसे पहले इनकी लाइन को मुझे बनाना पड़ेगा लाइन हमारी यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है तो चलिए इसकी जस्ट पीछे ही फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके जस्ट पीछे ही मैं पहले सप्लाई के बारे में आपको नॉलेज दे देता हूँ फिर उसके बाद मैं फ़्रेंड्स आपको चेक करके भी दिखाऊंगा क्या प्रोसेस है क्या नहीं है मैं सारा चीज़ यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सप्लाई है फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा या नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक पिक के थ्रू वहाँ पर भी समझा दूँगा आपको तो यहाँ पर पिक के थ्रू भी मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पर तो मैं यहाँ थोड़ा सा दिखाने की कोशिश ये कर रहा था कि इसकी जो सप्लाई है यहाँ पर दो दो टिप्स है फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा जो यहाँ पे दो टिप्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है किसी भी रीज़न कारण यहाँ पे कॉम्प्लेन हट चुका है या वाटर डैमेज के कारण या किसी भी एनी रीज़न के कारण यहाँ पे एक कॉम्प्लेन लगा था जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये हट चुका है तो इधर भी देख सकते हैं हमारी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही कोई भी वैल्यू नहीं आ रही फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब भी यहाँ पर आप काम करें जो भी आप काम करें तो ये हमारी जो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा था क्योंकि यहाँ पे दोनों टिप्स पे वैल्यू आ रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा आप अगर यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे तो काम आपका नहीं करेगा आपको मैं सजेशन देने वाला हूँ आपको यहाँ पे जंपर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो भी अगर यहाँ पे दोनों टिप्स पर रीडिंग आ रही है देखाइए वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर में आप देखेंगे थोड़ा सा जूम आउट करिए तो जूम आउट करके आप देखेंगे थोड़ा सा जूम इन करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी में आपको दिखाऊँगा अभी तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स तो अब उसके बाद हमें क्या करना है सारी चीज़ें यहाँ पे मल्टी मीटर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो इसको हम फिर से करते हैं चेक करते हैं तो मैं मल्टीमीटर को यहाँ पे चेक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं आ रही है और उसके दूसरी टिप्स में हमारी रीडिंग आ रही है तो सबसे पहला हम यही करते हैं फ्रेंड्स की जो हमारा कॉम्फ्रेंड यहाँ पर निकल गया था थोड़ा सा जुम करिए हाँ यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेंट निकल गया है तो उस कॉम्प्लेंट को हम करेंगे शॉर्ट और शॉर्ट करने के बाद देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं और नहीं होता है फ्रेंड्स तो अगर प्रॉब्लम सोल्व हमारा नहीं होता है तो हम उसको फिर से एक सलूशन आपको और बताएंगे पर यहीं पे आपका ये जो सप्लाई जा रही है हमारी वी और ये जो दूसरा कॉम्प्लेंट है यहाँ पर डाटा है तो वी डी और डाटा दोनों ही मिल गया है डाटा की सप्लाई कैसे ट्रेस करते हैं वो सारा चीज़ भी आपको हम बता देंगे तो चलिए फटाफट इसको हम जंपर कर देते हैं और जंपर करने के बाद हम फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं करता है रीडिंग वहाँ पर आती है कि नहीं आती है वोल्टेजेस हमारे आते हैं कि नहीं मैं सारा वोल्टेज और रीडिंग के साथ यहां पे आपको दिखाने वाला हूं तो चलिए वीडियो में बने रहे तो so फ्रेंड इसका सलूशन हमने कर दिया है जंपर लगा दिया है वो जंपर भी मैं आपको दिखा दूंगा जो रजिस्टर ओपन हो गया था रजिस्टर को ओपन कर दिया है फ़ोन भी हमने ऑन कर दिया है फ्रेंड्स उसमें अब आपको हम वोल्टेज का वोटेज चेक करके दिखाते हैं कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है जैसे मैं यहाँ पे टच करूँगा आप देखिए कि पे वन पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड तो आप देख सकते हैं वन वोल्टेज आ रहा है क्योंकि यहाँ पे फोन हमारा चालू है ये देख सकते हैं हमारा वन वोल्टेज आ रहा है और इसमें मैं रीडिंग भी आपको दिखा दूँगा तो चलिए मैं फोन और जैसे हमारा देख सकते हैं फोन अभी हमारा ऑन है और इसलिए हमारा ये वन आ रहा था यहाँ पर कॉलिंग चालू था फ्रेंड्स उसके बाद में बैटरी को निकाल करके आपको इसकी रीडिंग भी फटाक से चेक करा देता हूं और इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या मैंने क्या सल्यूशन किया है यहाँ पर तो ये कुछ आपको नया लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे कमेंट करके जरूर बताएगी कि आपको कैसा लगा तो यहां पे आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग भी आ चुकी है जो कि कोई भी रीडिंग नहीं आ रही थी तो उसको हमने कर दिया है तो आपको हम फटाक से खोल के दिखा देते हैं फ्रेंड कि हमने इसमें काम क्या किया हुआ है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर जूम करके भी आपको दिखाऊँगा कि हमने यहाँ पर काम क्या किया हुआ है तो अभी मैं आपको जूम करूँगा और जूम करके आपको यहाँ पे दिखाऊँगा कि हमने यहाँ पे एक जंपर किया हुआ है फ्रेंड्स वहीं पे जो हमारा रजिस्टर ओपन हो गया था वो इस रजिस्टर को हमने यहाँ पे जम्पर कर दिया है और यहाँ पे शायद दिखे दिख रहा होगा शायद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आ, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर था जो कि ओपन हो गया था तो यहाँ पे हमने उसको जंपर कर दिया और हमारा सक्सेस हो गया तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो फ्लीज़ हमारे कमेंट करके ज़रूर बताएगा ऐसे ही वीडियो में हर सेक्शंस के यहाँ पे लेकर के आऊँगा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर चार्जिंग का सारा यहाँ पर एक एक कॉम्प्लेट क्या होता है सारा सेक्शन वाइज यहाँ पे मैं लेकर के आऊँगा तो आई होप ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस सप्लाइयों का नॉलेज कैसा लगा ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहे और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में